में है और नासा में नागी डांस कर रहा है ये देखिए ये नासा में हो क्या यस सर जय हिंद जय भारत नासा करने के बाद इंग्लिश भी बोल रहे हो यस yes. इंग्लिश जानते हो क्या यस yes. जानते हो यू सेट अप एंड गो गेट अप